हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू क्रेजी जी के अभी चैनल तो हमारा क्वेश्चन है गांधी के सभी आंदोलन जी हाँ आज का टॉपिक है गांधी के सभी आंदोलन के बारे में तो गांधी जी अफ्रीका गए अठारह में गए थे पहला सत्याग्रह 1906 में गांधी जी भारत लौटे 1915 में केसरे हिंदी की उपाधि वो भी उन्नीस में ही मिले थे जी हाँ भारत जैसे ही लौटे उन्हें कैसे कहीं जिंदगी उपाधि मिल गई साबरमती आश्रम की स्थापना उन्नीस में हुई थी यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना उन्नीस में हुई थी तो देखते हैं हमारा और क्वेश्चन क्या है देन और कवर करते नंबर छः चंपारण सत्याग्रह जहाँ चंपारण सत्याग्रह उन्नीस सौ सत्रह में हुआ था फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन उन्नीस में, अठारह खिलाफत आंदोलन उन्नीस सौ उन्नीस में असहयोग आंदोलन उन्नीस में, तीस कांग्रेस की अध्यक्षता उन्नीस सौ में यह कांग्रेस की अध्यक्षता उन्नीस सौ में हुई तो थी दोस्तों अगर क्वेश्चन हमारा अच्छा लगता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एक भी क्वेश्चन का अगर आंसर होता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा देखते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है तो टोटली कवर करेंगे हम सभी आंदोलनों के बारे में नंबर ग्यारह दाँडी मार्च दांडी मार्च उन्होंने 1930 में किया था सभी नया वर्गी आंदोलन भी 1930 में ही किया था गांधी जी इरविंद समझौता जहाँ गांधी जी इरविंद समझौता उन्नीस में हुई थी द्वितीय गोल मैच ये उन्नीस सौ इकतीस में, में हुई थी पूर्ण समझौता उन्नीस सौ बत्तीस में हुई थी पुना उन्नीस सौ बत्तीस मेंरिजन संघ स्थापना हरिजन संघ स्थापना उन्नीस सौ में, में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में थैंक यू सो मच